जिंदगी में कुछ बनना हो कुछ हासिल करना हो कुछ जीतना हो तो हमेशा अपने दिल की सुनो और अगर दिल से भी जवाब ना आए तो अपनी आंखें बंद करके अपने मां और बाबा का नाम फिर देखना तुम हर मंजिल पा सकोगे हर मुश्किल आसान हो जाएगी जीत तुम्हारी होगी